जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों और उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती में सेलेक्ट हुए और नहीं सेलेक्ट हुए सभी कैंडिडेट्स को सावन मास के प्रथम सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएँ आज भोलेनाथ का दिन है इसलिए आपको न कोई दुख की खबर मिली है ना खुशी की खबर मिली है सबके लिए एक समान आज का दिन है क्योंकि हाई कोर्ट की सुनवाई भी टल गई है और ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है कि जिससे किसी को दुखी होना पड़े इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको आपके मेडिकल संबंधित बहुत ही विशेष जानकारी दूंगा उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज कोर्ट में क्या हुआ आज के कोर्ट में दोस्तों कोई सुनवाई या फिर कोई बहस नहीं हुई इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है और अगली डेट मिली है और डेट अपडेट होने में थोड़ा समय लगता है आज शाम तक हो सकता है या फिर कल सुबह तक अपडेट हो जाएगा आपकी डेट मिल जाएगी कि अगली डेट में क्या होगा और दोस्तों आज की डेट से यह क्लियर भी हो गया है कि अभी आपकी सुनवाई होनी बाकी है नीड़े का अभी कोई मतलब नहीं है कि अभी आपका नीड़े इतना जल्दी आ जाएगा इसलिए किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोग अपने हिसाब से जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तैयारी करें और जो लोग इसमें सेलेक्ट हुए हैं वो लोग अपने मेडिकल की तैयारी में लगे रहें क्योंकि मेडिकल के लिए अब कुछ ही दिन बाकी हैं तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि मेडिकल संबंधित एक बहुत अच्छी अपडेट मैं आपको बता दूं। अच्छी नहीं है बुरी भी नहीं है मेडिकल तो आपका होना ही है थोड़ा देर हो रहा है उसका एक मुख्य कारण यह है कि कल मैं एक जगह बैठा था तो वहाँ पर चर्चा चल रही थी हॉस्पिटल्स के बारे में जिला अस्पतालों के बारे में कई जगह उसमें चर्चा चल रही थी हमारे यहाँ जो बस्ती ज़िले में सी साहब का ट्रांसफ़र हो गया कई डॉक्टर्स का ट्रांसफ़र हो गया है तो ऐसे ही जहां आपके मेडिकल सेंटर बने हुए हैं वहां के भी डॉक्टर्स जिला अस्पताल के डॉक्टर्स का ट्रांसफ़र इधर उधर हो गया है तो पुलिस विभाग द्वारा वहां पर लेटर तो पत्राचार तो कर ही दिया गया था कि वहां से डॉक्टरों की ड्यूटी लगाने के लिए लेकिन डॉक्टरों की इधर उधर ट्रांसफ़र होने की वजह से अभी क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है क्योंकि ट्रांसफ़र हुए हैं कुछ लोग गए हैं कुछ लोग आने वाले हैं कहीं कहीं जहाँ आ गए हैं वहाँ ड्यूटी लग गई है और कहीं कहीं अभी नहीं आए हैं पेंडिंग है तो वहाँ वहाँ ड्यूटी नहीं लग पाई है इसलिए आपके मेडिकल में दोस्तों देरी हो रही है भर्ती बोर्ड के तरफ से कोई भी शिथिलता नहीं बरती जा रही है समस्या आपकी फंस गई डॉक्टरों के तबादले में कोर्ट केस के मामले में आप लोग अभी जान लीजिए कि अभी ऐसा कोई आदेश जल्द से जल्द नहीं आने वाला है जिससे किसी को दुख या किसी को खुशी मिले मामला अटका हुआ है कोर्ट का आदेश इतना जल्दी नहीं आता है मैं कोर्ट में रहता हूं मैं जानता हूं मुझे लगता है कि अगर सुनवाई आज नहीं हुई है आज कोई निर्णय नहीं लिया गया होगा तो यह इसी हफ्ते में होगा क्योंकि आपकी डेट ये जरूरी नहीं है कि लंबी लगे और यह मामला बहुत ही संज्ञान में लिया गया है बहुत ही चर्चित है तो कोर्ट ज़्यादा डेट नहीं दोगी हो सकता कल ही की दी हो परसों की दी हो तो जैसे ही डेट अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत